अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का जैसे रतन टाटा हो गए वो उन उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है सही बात है उनकी आई टी एक सोट इतनी ज़्यादा कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी उतनी नहीं है ये हुई ना बात अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूँ मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ तो भाई जी समिट इंडिया के अंदर होगी अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया है आपके कहने भाई यहाँ पर बस नहीं रुकती तो जी ट्वेंटी सबमिट रुकेगी <laughs> तो बस ये मेरे ख्यालात हैं जी ट्वेंटी समिट के बारे में इंडिया में होगी दोबारा भी होगी उसके बाद भी होगी देखें इंडिया हम कह रहे हैं जी रशिया में पाबंदियाँ लगी हैं हम तेल नहीं ख़रीद सकते तो इंडिया गया अफगानिस्तान से तेल ख़रीद रहा है बताएं उनके लिए पाबंदियाँ नहीं लगी हम जो डरते हैं हम बेकारी हैं बेकारियों की कोई भी इज्जत नहीं होती <laughs>